से अपना ब्लॉक सब बढ़िया बढ़िया होने चाहिए वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो अभी मैं बहुत टाइम से मतलब मैं ऐसा नोटिस कर रहा था और आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है वो आराम से बोल। <laughs> तो अभी बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा था कि मैं मेरा ब्लॉग कॉन्टेंट ही ख़त्म होते जा रहा है हमेशा धीरे धीरे इस वाले चैनल पर उस वाले से तो नॉर्मली जैसा हमेशा चलता था वैसा चल ही रहा और इस वाले चैनल पर तो हमेशा मतलब धीरे धीरे कॉन्टेंट ख़त्म हो रहे मैं टाइटल मानू मैं वीडियो बना देता हूँ फिर टाइटल और थंबनेल के लिए ना मुझे सोचना पड़ता मैं क्या करूं अभी तो आज का आज का ब्लॉग इसी वजह से इतना ज़्यादा टेंशन इतना ज़्यादा प्रेशर था और तो ये अभी सुबह सुबह उठा थंबनेल बनाया इस वाले चैनल का आठ बजे साढ़े सात बजे में थंबनेल बनाया और उसके बाद आधा घंटा मुझे लगता है थमलैन उसके बाद मैं अपलोड वपलोड कर दिया फिर उसके बाद मैं आठ बज मेरा टाइमिंग है भूल गया अपलोड कर नहीं भूल गया मतलब कैसा मैं आया फिर अपना बस में से बस पकड़ा फिर मेरे वाले भूल ही गया एकदम से कि अरे हाँ मुझे वीडियो भी पब्लिश करनी है मतलब तो बोलते हैं ना कंटेंट ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे मेरे पास मैं सोचता हूँ किस टॉपिक पे तो मैं एक वीडियो बनाऊँ कि पब्लिक को आप लोगों को पसंद आना चाहिए क्योंकि देखना मैटर नहीं करता पसंद आना मैटर करता है अगर आपको तो पसंद आएगा तो मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा मैं तो ये चैनल मैं सोच रहा हूँ बंदी करने को अभी डिसीजन फाइनल लूँगा तो भी बहुत टाइम लगेगा और इतना जल्दी से मैं डिसीज़न नहीं लेने वाला हूँ कि चलो चैनल बंद कर दे दें क्योंकि ऑलरेडी दे यहाँ पे बहुत सारे आदमियों का प्यार दिख रहा है जो भी है दस पंद्रह बीस में जो भी देख रहे हैं वो मेरे लिए आपका प्यार ही है और कुछ नहीं है अगर आप मुझे सोलह पंद्रह सोलह लोग देख रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि मैं स्टार्टिंग में मुझे कोई पंद्रह सोलह लोग देख रहे समझ रहे हो और अभी तबीयत खराब है एकदम से और अभी मैं जस्ट जॉब पे ही जा रहा हो और मेरा और हाँ मुझे अभी तक कोई बताया नहीं अभी अपलोड किया तो मतलब कल तक मुझे पता चलेगा मेरा भी एक जब माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो इस वाले ब्लॉग में बोलो गाइस ब्लॉग को शेयर करो जैसे मेरी, जैसे मेरी मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होगी उस हिसाब से मैं मेरे पास कॉन्टेंट भी आएंगे ना धीरे धीरे ऐसे कि चलो अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मुझे डेली वीडियो और डेली कॉन्टेंट कैसे भी करके निकालना है जॉब पर जाओ या मत जाओ वो मेटर नहीं करते मुझे कंटेंट निकालना है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं ये मैटर करता है तो ठीक है कोई बात नहीं अभी चलते फटाफट से और आप दो दो से तीन दिन से आप देख रहे हो मुझे कि मेरे ब्लॉग्स सुबह के दिक्के डायरेक्टली शाम को आते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ना यार जॉब पर एकदम से बिजी रहता हूँ काम पर इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लिप होने वाली तो चलते फटाफट से तो जॉब पे और शाम को ये ब्लॉक कंटिन्यू करूँगा टाइम मिला तो ज़रूरी नहीं मैं शाम को ही करूँगा टाइम मिला तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं एडिटिंग भी करता हूँ ना तो बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ एडिटिंग के लिए आए और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ की जो मैनेजर है उनके एक बहुत काला और यहाँ पर ऐसे ही दो दिन से हो रहे तो जो वहाँ के जो मैनेजर है उनके बच्चे का बर्थडे है तो वो वीडियो भी एडिट करना है परसों से आइए और कल बर्थडे है और आज लास्ट डेट तो आज भी कैसे भी करके देना तो टाइम बहुत कम है और ये ब्लॉग शेयर करो बस और कुछ नहीं चलते फटाफट से शाम को कंटिन्यू करो